हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यूर जस्ट कमेंट डाउन एंड आई आयु शर टूडेज न्यू टॉपिक गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट आज का हमारा टॉपिक है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट इसमें सात मेन टॉपिक्स है इसमें सेवन मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन की गार्बेज क्या होता है सेकेंड वन इट्स सोर्सेज एंड थर्ड वन इट्स टाइप्स सेकेंड वन में हम जानेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है कि कहाँ से आता है गारबेज और थर्ड वन है कि इसका जो भी सोर्स है वो तो हमें पता चलेगा बट इसके टाइप कैसे होते हैं कितने प्रकार का होता है ये एंड फोर्थ वन सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट लैंड इस सेपरेशन कैसे होती है इसकी एंड फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स मैनेजमेंट प्लास्टिक के जो भी इफेक्ट होते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है एंड सिक्स वन वर्मी कंपोजिटिंग एंड सिक्स इसे कैसे वर्मी कंपोजिटिंग क्या है और कैसे होती है एंड सेवेंथ वन हाउ टू रिड्यूस गार्बेज गार्बेज को रिड्यूज कैसे करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन गारबेज इज अनडिजायर्ड एंड अनवॉन्टेड मटेरियल गार्बेज जो है वो अनडिजायर्ड यानी किसी भी काम का नहीं है जो भी सामान जैसे कि एक साल बाद ये टी शर्ट मेरे किसी काम की नहीं होगी तो ये मेरे लिए गारबेज है अगर कुछ दिनों में मेरा माइक खराब हो गया तो ये भी मेरे लिए गारबेज हो जाएगा यानी कि जो भी चीज़ अनवॉन्टेड है वो गारबेज है हमारे लिए एंड द सेकेंड वन इट इज ऑल्सो रिफर्ड एट एज रबिश जंक और ट्रैश आपने सुना होगा फोनों में आपकी मेमोरी के मेमोरी और ट्रैश बहुत सारे हो जाते हैं तो आप उसमें डिलीट कर देते हो वो ट्रैश क्या होता है वो फ़ोन के गारबेज होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा वो फ़ोन के गारबेज होते हैं कि जब फ़ोन में आप कई सारी फाइल्स डिलीट करते हो तो ट्रैश जमा हो जाता है जैसे आप डिलीट करते हो वो आपकी स्टोरीज लेता है लेट्स कंटिन्यू हुआ टॉपिक हम अपने टॉपिक पर आते हैं एंड थर्ड वन है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गारबेज इज़ नेसेसरी फॉर मेन्टेनिंग क्लीनेंस इन सराउंडिंग proper maintenance जैसे हर किसी चीज़ को उसके लिए एक maintenance नहीं होता है कि वो कैसी ठीक है इसी तरह garbage को भी maintain करना पड़ता है या फिर बाद में जाकर वो बहुत ही ज्यादा हमें problem देगा आगे जाकर अब हम आते हैं sources of waste waste के mainly चार sources होते हैं first one domestic waste second one industrial waste third one commercial waste and fifth one sorry fourth one agricultural waste सबसे पहले जान लेते हैं डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है डोमेस्टिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पेल्स ये देखिए क्या है वेजिटेबल पेल्स अब हम समझ गए होइएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास ऐश किसी चीज़ की राख स्मोक ये जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे कि हर इंडस्ट्री के अंदर से कई सारे ऐसे गंदगी निकलती है उसे हम उसका वेस्ट कहेंगे जो कि उसके काम की नहीं है ये जो भी वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का ये मोस्टली जाकर रिवर्स से कनेक्टेड होती है जो कि रिवर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है डोमेस्टिक वेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसमें मोस्टली होते हैं वेजिटेबल पील्स एंड पेपर बट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसमें होते हैं प्लास्टिक ग्लास स्मोक ये सब चीज़ें होती हैं अब हम बोलते हैं थर्ड वन पे कॉमर्शियल वेस्ट क्या होता है कॉमर्शियल वेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट आप अच्छे से समझिए तो ये बिल्कुल कॉम्प्लीकेटेड नहीं है दी ये वेस्ट जो होते हैं ये जनरेट किए जाते हैं कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट जैसे कि होटल मॉल और ऑटो रिपेयर शॉप मेडिकल फैसिलिटीज ऑटो रिपेयर शॉप जैसे कि एक गैरेज है कार की गैरेज है अब उसमें कई कि एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप अपनी गाड़ी ठीक करवाने गए आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल बिगाड़ हो चुका है तो वो बदलेंगे तो जो इंजन और आपकी गाड़ी में से निकलेगा वो तो फिर उनके लिए वेस्ट हो गया ना वो किसी दूसरी गाड़ी में तो वो डाल नहीं सकते हैं तो वो हो गया कॉमर्शियल वेस्ट जैसे कि अब होटल होटल में आपने खाना खाया और जैसे कि आपने एक एप्पल ऑर्डर किया कोई ऑर्डर करता तो नहीं है बट आपने किया तो वो जो एप्पल हुआ अब एप्पल का पील होगा या फिर आपने एक आधा एपल छोड़ दिया उस पर कुछ रिमेनिंग आपने छोड़ दिया तो वो सब हो जाएगा कॉमर्शियल वेस्ट वो भी तो वो फेंक देंगे होटल का वेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वेस्ट जैसा ही वेजिटेबल पील्स एट्सेट्रा ये सब एंड थर्ड सॉरी फोर्थ वन इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट अब जैसे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से तो ये पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर मतलब खेत बड़े बड़े खेत हमारे माइंड में सबसे पहली उम्मीद यही आती है एग्रीकल्चर लेने पर कि एक बड़ा सा खेत है आसम की टी चाय बागान जो होते हैं वो है एक बड़ा सा अब जानते हैं वहाँ भी कई सारे वेस्ट होते हैं जैसे कि वीट को जब उसके सेपरेट कर लिया जाता है हस्क से उसके भी कई सारे प्रोसेस होते हैं वो हम दूसरे चैप्टर में जानेंगे जाने अब कोई पेड़ है उसके सूखे तने बचे हैं उस जैसे कई जो बनाना का पेड़ होता है केले का जो पेड़ होता है उसे से केले जब तोड़ लिए जाते हैं तो पेड़ को स्टैम्प के ऊपर से काट दिया जाता है उससे ये माना जाता है कि माना नहीं जाता है एक्चुअली होता है स्टैम्प पर से जब हम काट देते हैं तो वहाँ स्टैम्प से एक न्यू पेड़ उगता है यानी कि एक नया पेड़ आ जाता है और कई सारे ऐसे कैटल वेस्ट होते हैं जैसे कि कोकोनट हुआ कैटल वेस्ट हुआ एनिमल के जो वेस्ट हुए हैं कावडंग एट्सट्रा एंड कई सारे होते हैं जैसे अगर आप नारियल लेते हो तो उसके ऊपर से नारियल के ऊपर से जो हेयर्स होते हैं वो वो सब भी एग्रीकल्चर वेस्ट ही होते हैं अब हम जानते हैं वेस्ट्स के टाइप क्या होते हैं वेस्ट आर मोस्टली टू टाइप्स बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड थर्ड वन इज़ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक काउंट हैं नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल को भी हम ही करते बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बायोडिग्रेडेबल सर से एक अब बनाना फेंक दो एक ऐसी जगह बनाना फेंको जहां पर बहुत सारा कूड़ा है अब उसे एक घंटे के बाद देखना वो बनाना थोड़ा सा काला हो जाएगा थोड़ा अजीब सा आप उसमें से एक लिक्विड बाहर आएगा वैसा सा हो जाएगा बनाना या फिर आप एप्पल का पील फेंक दो एप्पल का पीला फेंको या फिर का पील फेंकोगे तो वो कुछ देर बाद अजीब काला सा होगा उसमें से एक लिक्विड सब्सटेंस होगा और आप दो तीन दिन बाद देखोगे तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा वहाँ पर क्योंकि वो उसे उसे मतलब बैक्टीरिया ने उसे खत्म कर दिया है वो खत्म हो चुका है अब वो यहाँ अर्थ पे नहीं है उसके रिमेन्स बचे हुए हैं अर्थ पे जो कि मिट्टी में मिल गए और उसे फर्टाइल कर दिया मिट्टी को अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे हैं जैसे कि एक डिस्पोजल वाले जो हम लोग कप यूज़ करते हैं उसमें पेपर कप्स तो ठीक है बट जो प्लास्टिक वाले कप यूज़ करते हैं जो हमें छोटे इधर टी स्टॉल्स पर जो मिलती है छोटी सी इतनी बड़ी होती है प्लास्टिक की कप्स वो बेटर बेस्ट नहीं होती है वो हमारे लिए हार्मुल भी होती है एंड देन वे नेचर के लिए भी हार्मुल होती है उसने हमें भी हार्म किया और नेचर को भी हार्म करता है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें बहुत लंबा पीरियड लगता है करीब हंड्रेड इयर्स का पीरियड लगता है एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में यानी कि एक आदमी बर्थ भी लेगा एंड डेड भी हो जाएगा तब तक वो रिमेन सेम है वो सेम है बट आदमी ख़त्म हो जाएगा इसमें उसे फेंका वो ख़त्म भी हो जाएगा बट वो वैसा ही रहेगा तो इसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें आते हैं मेटल्स आते हैं हमारे और इसमें आता है ये प्लास्टिक है ग्लास है ये सब ग्लास मतलब वो ग्लास नहीं शीशा शीशा जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक एक बहुत ही ऐसा हार्मफुल सब चांस है हमारे नेचर के लिए कुछ इस तरह के वॉर्म्स होते हैं छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना छोटे से वो जो हिलते रहते हैं जीप से वो होते हैं उनकी एक स्पीसीज है वो किसी साइंटिस्ट ने फाउंड की थी वो तो मुझे नहीं पता वो भी मैं आपको किसी शॉर्ट्स वीडियो में बताऊँगा जरूर बताऊँगा उससे वो जो ऐसा कीड़ा है उसे मील वॉर्म्स कहते हैं वो प्लास्टिक खा जाता है टरली आप यकीन नहीं करिएगा बट वो प्लास्टिक खा जाता है आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ जो बेंगलोर सिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2480 थाउजेंड का गारबेज प्रोड्यूस करती है हर दिन दिल्ली सिटी की, दिल्ली सिटी की इससे भी ज़्यादा है दिल्ली सिटी अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली सिटी इससे भी ज़्यादा गारबेज प्रोड्यूस करती है ये हमारा टॉपिक नहीं था अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं सेपरेशन ऑफ गारबेज एट लैंड फील क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं लैंड क्या होता है एक ऐसा एरिया जो कि सिटी से दूर है और एक लोकल एरिया है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं उस एरिया पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा जाता है देन वहाँ पर पूरे सिटी के कूड़े कचड़े ला लाकर भरे जाते हैं आपने देखा होगा दिल्ली में एक कूड़ा पहाड़ है ये इसकी इमेज है ये पहाड़ मेरे को लगता है नेक्स्ट टेन ईयर में माउंट एवरेस्ट से ऊँचा हो जाएगा पूरी दिल्ली का जो कूड़ा कचरा है वो यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है ओपन लैंड फेलिंग करते हैं यहाँ पर लाके अब हम आते हैं लैंड क्या होता है जमीन में गड्ढा खोदा जाता है देन उसमें बहुत सारा कूड़ा भरा जाता है अब उसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी इमारत यानी किसी बिल्डिंग या स्काई क्रीपर को बनाना तो सेफ नहीं है बिकॉज वो कूड़ा है वो कभी भी मतलब जैसे कि अभी वो है तो वो घर दब भी सकता है प्रेस हो सकता है उसके ऊपर मोस्टली कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाते हैं वो लोग नॉर्मली एक पार्क या प्लेग्राउंड बना देते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेट हम नहीं दे सकते हैं नॉर्मली उन्होंने पहले खोदा जैसे कि मान लीजिए ये एक लैंड है इसे पहले उन्होंने खोद दिया देन उसमें बहुत सारा कूड़ा भरा भरा जब टॉप तक वो भर गया तो उसके ऊपर मिट्टी डाला देन उसे प्रेस किया तो इस प्रोसेस से वो पूरा कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर अब इसे करते हैं सेपरेट करते हैं गार्बेज को गार्बेज को सेपरेट करना मतलब कि सॉल्टिंग जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखी हैं सॉर्टिंग क्या होती है किसी भी चीज़ को अपने यूज के हिसाब से अलग करना जैसे कि कोई भी गारबेज में से वो लोग सॉर्ट कर देते सामान सबसे पहले वो लोग मतलब यूजफुल कंपोनेंट्स निकालते हैं द पार्ट ऑफ गारबेज विच कैन बी यूजफ री यूज इज़ नॉन एज़ यूज़फुल कंपोनेंट जैसे कि कोई ऐसा सामान है जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं यूज़फुल कंपोनेंट री का मतलब अब क्या समझ रहा है? यू रीयूज यानी कि उसे फैक्ट्री में कई सारे प्रोसेस के बाद री कर सकते हैं 80% परसेंट ऑफ प्लास्टिक जो हैं वो हम रीयूज़ नहीं कर सकते नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक है 80% परसेंट ऑफ प्लास्टिक जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं जो रीयूजबल या फिर डिकम्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं वो नॉर्मल प्लास्टिक के मुकाबले थोड़े ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव होते हैं लोग मोस्टली उसे नहीं यूज करते हैं और द कंपोनेंट एट सेपरेटेड एंड स्प्रेड द लैंड एंड पुड लेयर ऑन इट जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कोई छिलका है या फिर इस तरीके के कोई सामान है उन्हें वहीं रख दिया जाता है एन जो छिलके हुए पील्स हुए वो तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब तक वो सेपरेट वेपरेट करते हैं उन्हें प्रोसेस पूरा करते हैं ना तब तक वो पूरा ख़त्म हो जाता है बस का ही नहीं है अब जो मैंने आपको से कहा कि रिसाइकलेबल प्लास्टिक नहीं है वो जो प्लास्टिक है वो तो उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है तो वो जमीन के अंदर उसे भर देते हैं अगर इस तरह से करेंगे तो पूरी दुनिया पार्क बन जाएगी अब इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक बैग्स चोक सीवियर सिस्टम अभी मैंने जो लाइन बोली प्लास्टिक बैग चोक सीवर सिस्टम इससे आपको समझ में आया हुआ कि सीवर सिस्टम में जाम कर जाते हैं जी हाँ आपने सही समझा सीवर सिस्टम में जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जैसे कि अगर कोई आदमी अपने घर की जो ड्रेनिंग होता है उसमें अगर एक प्लास्टिक का पॉलिथीन डाल दे इसी तरह अगर हंड्रेड घर हैं तो सभी अगर अपने अपने ड्रेनेज सिस्टम में ऐसे प्लास्टिक के चीज़ें बहाते रहेंगे ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो जहाँ पर मेनली सब कनेक्ट होगा वहाँ पर सारे प्लास्टिक की चीज़ें आ जाएंगी एंड देन वहाँ पर एक ब्लॉकेज हो जाएगा एंड देन उसे चोक कर देगा यानी कि उसे रून कर देगा पूरा ख़राब हो जाएगा इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रेन प्लास्टिक्स प्लास्टिक को कभी ड्रेन नहीं करना चाहिए उसे या तो आप ज़मीन के अंदर लैंड कर दो क्योंकि बर्निंग से भी उसमें पॉइजनस गैस आती है आपने कभी नोटिस किया होगा कभी भी जैसे कोई वायर होती है अगर उसमें शॉर्ट होता है और वो बर्न न करती है ना वायर तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है अगर उस स्मेल में आदमी को आधा घंटा रहे तो बेहोश हो जाए इतनी गंदी स्मेल आती है सेकेंड पॉइंट भी हमारा यही है बर्निंग इमेट्स पॉइजनस गैसेज कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है बेहोश होना भी एक हेल्थ प्रॉब्लम ही है थर्ड फूड स्टोर इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक में हार्मफुल फॉर बॉडी कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कि अगर कुछ लेडीज लोग क्या करती है जिन्हें पता नहीं होता वो लोग रोटियां बनाती है एंड डायरेक्टली उसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख देती है अगर उस प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो फिर वो उसमें वही होगा हीट होगी क्योंकि अगर रोटियां तुरंत बनती है तो वो गर्म होती है तो उसमें हीट होगी तो फिर वो फिर वैसे ही पॉइजनस गैसेज रिलीज होंगी उसके अंदर और वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा इसीलिए हमें कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग का खाना नहीं खाना चाहिए कोई भी गर्म खाने को प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए फूड इटन बाई एनिमल फ्रॉम प्लास्टिक बैग विच में लीड टू डेथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि ये प्लास्टिक फूड है प्लास्टिक पैकेट है वो उसमें अगर उन्हें कोई स्मेल आती है किसी फूड की जैसे हमने चीज़ मंगाया और चीज़ का रैपर फेंक दिया तो उसमें उन्हें चीज़ की स्मेल आई तो उन्होंने खाने की ट्राई की तो वो निकल गए प्लास्टिक तो उनके अंदर जाता है तो वो उनका डाइजेस्टिंग सैसे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है मैंने रियलिटी में एक काव को मरते दिखाया बिकॉज उसने प्लास्टिक बैग खा लिया था अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक तो मैनेजमेंट हमें कुछ केयर करनी होगी हमारे इन्वामेंट की और हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए तो डो नाट बर्न प्लास्टिक और अदर प्लास्टिक आइटम कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ों को बर्न ना करें उसे लैंडफिल कर दें वो उसे बेटर है वो लैंड को पोल्यूट करता है बट इतना ज़्यादा एयर पोल्यूट नहीं करता बिकॉज एयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हेयर एंड देयर आफ्टर यूज कुछ लोग अगर कोई लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं चिप्स उन्होंने खा लिया अगर तो वो इधर ही रोड पर साइड में फेंक देते हैं ऐसा कोई कोना होगा उसमें फेंक देते हैं वहाँ पर तो वो भी लैंड को पॉल्यूट करता है इधर उधर फेंकने से कचरा ज़्यादा होता है तो फिर रोड पर आप कहीं पे किसी ने बनाना फेंक दिया बनाना के पेल फेंक दिए कुछ फेंक दिया तो इसे पूरे तब भी एयर ही पॉल्यूट होगा उसमें से वो जब डिकम्पोज होंगे तो उसमें से स्मेल आएगी तो लास्टली एयर को ही पॉल्यूट होना है सर कोई भी कुछ भी करता है तो बेचारी एयर ही पॉल्यूट हो जाती है थर्ड वन यूज पेपर बैग और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ़ प्लास्टिक बैग आई सजेस्टेड यू कैन यूज़ जूट बैग्स जो जूट बैग्स होते हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग फिर प्लास्टिक अगर आप प्लास्टिक का बैग यूज़ करते हो तो प्लास्टिक की प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होती है जो और हार्मफुल होता है थर्ड एजुकेट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इस बारे में बताइए कि कैसे हमें डिस्पोज करना है प्लास्टिक को इसलिए मैं भी ये चीज़ आपको बता रहा हूँ अब हम जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है वर्मी कंपोस्टिंग इसका मतलब होता है इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्न इज़ नोन् वर्मी कम्पोस्टिंग वर्मी कम्पोस्टिंग मतलब एक ऐसा मेटोर होता है जिसमें रेड वॉर्म्स जो मिट्टी के अंदर काले कल रंग के रेड वाम्स होते हैं मैं उनकी पिक्चर आपको यहाँ दिखा देता हूँ इन रेड वॉम्स की मदद से जो मतलब जो भी हमारा वेस्ट होता है वर्ड मटीरियल्स प्लास्टिक को छोड़कर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल जो होता है उसे रख दिया जाता है और वहाँ पर रेड वाम्स को छोड़ दिया जाता है और फिर उनका एक्सक्रीटा और फिर वो लोग उसे खाते हैं और दैन जो होता है उससे वो पूरा जो उनका वर्मी कम्पोस्ट होता है वो बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है न्यूट्रिशन रिच होता है सॉइल के लिए हमारे लिए नहीं सॉइल के लिए हाउ टू रिड्यूस गार्बेज अब सबसे मेन टॉपिक अब इतना सारा प्रोडक्शन तो हो ही रहा है प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को तो कोई रोक सकता है, नहीं है बट अब हमें क्या ऐसे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि ये कम हो सके तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने तीन टर्म बना रखे हैं ट्रिपल आर के Reduce, reuse and recycle. So please, प्लीज़ जितना भी हो सके आप रिड्यूज करें कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक्स का जितना हो सके जूट बैग्स का यूज़ करें एंड क्लॉथ बैग्स का यूज़ करें री यूज़ करें जो भी ऐसा हो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ पेपर को बुक कवर बना लें जैसा कि हम इंडियन देसी जुगाड़ है न्यूज़ पेपर को कट कर कर उसे बुक कवर बनाना और एज अ बैग की तरह यूज़ कर लें वी शूड यू आइटम वैन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ हम तभी यूज़ करें कि जो कोई सामान हो बहुत ही नेसेसरी हो प्लास्टिक का यूज़ करना तभी यूज़ करें यानी कि मैं कह रहा हूँ रिड्यूस करने के, के लिए तो रिड्यूस की मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूँ वी हैव टू रिड्यूस आवर कंजन एंड वी शुड यूज़ एन आइटम व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ तभी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रीयूज वी कैन रीयूज सब्सटांस मैनी टाइम हम अपने सब्सटांसेज को बहुत ही बार रीयूज कर सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ है जैसे मैंने न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया है आपको एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसाइकल इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यूज्ड मटेरियल कन्वर्ट इनटू न्यू प्रोड्यूस ऑर्डर टू प्रीवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूज्ड मटेरियल जैसा कि आपको पता चला जैसे कि अगर कोई लोहे की चीज़ है जिसमें जंग लग गया है उसे हमने फेंक दिया बट वो लोहे को गर्म करेंगे एक, एक एसेंशियल जितना उसे जो ही टेम्परेचर तक उसे हीट करेंगे देन उसे कोई शेप देके दूसरी चीज बन सकती है जैसे प्लास्टिक है रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसे हीट करेंगे उसे लिक्विड के फॉर्म में करके देन उसे कोई दूसरी शेप देंगे जैसे प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन बोलते हैं तो उससे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं किसी भी पुरानी चीज को रिसाइकिल करके उसे यूज में लाने इस टर्म को ही रिसाइकिल कहते हैं तो हमारा चैप्टर यही एंड होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एक्चुअली ये वीडियो मैंने अपने मन से नहीं बनाई थी मेरा कोई दूसरा प्लान था दूसरी वीडियो बनाने का बट एक भैया ने मुझे कमेंट किया था उनका नाम नाम तो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है बट कमेंटर लिखा आ रहा है प्लीज़ मेक एक वीडियो ऑन गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट मैं साइड में यहाँ पे फोटो इसकी शो कर देता हूँ तो इनके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह कमेंट करते रहे आप लोगों के कमेंट्स से मुझे और मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए इंड मोस्टली भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं अराउंड फिफ्टी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए बाकी आपकी मर्जी थैंक्स फॉर वॉचिंग